को मुबारक प्यार नया ये दिल से मेरे निकले दुआए मोहब्बत करो जहां में मोहब्बत ही जिंदगी है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 मोहब्बत की जिंदगी है मोहब्बत करो जहाँ में मोहब्बत की जिंदगी है को गले लगाओ नहीं कोई है रो सभी को गले लगाओ न मुश्किल से हार मानो गम में भी मुस्कुराओ न मुश्किल से हार मानो गम में भी मुस्कुराओ सदा मुस्कुराने को हमें जिंदगी मिली है सुराने को हमें जिंदगी मिली है जमाने में गम बहुत है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 की बहारे नजर में उतार लेना मैं प्यार की बहारे नजर में उतार लेना ये खुशियों के फूल खिलते दिलों में सवार लेना ये खुशियों के फूल खिलते दिलों में सवार लेना मुकद्दर से फिर हमें ये सुबह घड़ी मिली है मुकद्दर से फिर हमें ये सुबह घड़ी मिली है जमाने में गम बहुत है खुशी की भी क्या कमी है जमाने में गम बहुत है खुशी की भी क्या कमी है जमाने में गम बहुत है खुशी की भी क्या कमी है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 नफरत की आधिया हम मिटाएंगे हर तरह से ये नफरत की आंधिया हम मिटाएंगे हर तरह से हम अपने खिले चमन को बचाएंगे हर तरह से हम अपने खिले चमन को बचाएंगे हर तरह से यही आरजू हमारी तमन्ना ये आखरी है यही आरजू हमारी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 You're my only hope. और तुम मेरी मोहब्बत हो मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो तुम ही हो बंदगी मेरी तुम ही मेरी, मेरी इबादत हो मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो मोहब्बत जिंदगी है मुझे जीना सिखाया है नाहों हो तकदीर में क्यों नाज जब इतनी इनायत हो तुम्ही हो बंदगी मेरी तुम्ही मेरी इबादत हो मोहब्बत जिंदगी है नहीं अब कोई भी अरमा मेरे दिल में तुम्हें पाकर नहीं अब कोई भी अरमा मेरे दिल में तुम्हें पाकर मैं ये रार करता हूँ मोहब्बत की कसम खाकर कि मेरे वास्ते तुम ही कमाने भर की दौलत हो तुम ही हो बंदगी मेरी तुम्ही मेरी इबादत हो मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो मोहब्बत जिंदगी है को जगाया है तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे जीना सिखाया है ना हो तक देर बे क्यों ना जब इतनी इनायत हो तुम्ही हो बंदगी मेरी तुम्ही मेरी इबादत हो मोहब्बत जिंदगी है